मैं चित्तौड़गढ़ बोल रहा हूँ त्याग और बलिदान का प्रतीक हाँ मैं वही चित्तौड़गढ़ हूँ जो कभी मेवाड़ की राजधानी हुआ करता था। मैं मेवाड़ की राजधानी रहा लेकिन मैं कभी किसी के अधीन नहीं रहा मेरी मिट्टी के कण कण में शौर्य और बलिदान की खुशबू आती है मैं शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की धरती के रूप में जाना जाता हूँ मैं वही हूँ जिसके आंचल में महाराणा प्रताप खेले सती मीराबाई ने भगवान की भक्ति की औरतौर चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मनी ने अपनी लाल बचाने के लिए जौहर किया था मेरा जन्म आज से लगभग 1500 साल पहले मौर्य, के शासक चित्रांगन मौर्य ने में के बेटे हिजर खाने राज किया तब मेरा नाम रखा गया था उसके बाद राणा कुंबा के काल में चित्तौड़ के नाम से मुझे जाना गया मैं श्या महादेव का सबसे बड़ा दुर्ग हूँ अगर आप मुझ पर विजिट करते हैं तो मैं पूरे तेरह किलोमीटर की परिधि और सात सौ एकड़ जमीन के ऊपर में बसा हुआ हूँ एक समय था जब मेरे अंदर छोटे बड़े करके 113 सौ तेरह मंदिर थे चौरासी कुंड बने हुए थे और आठ भव्य महल बने हुए थे लेकिन जब मुगलों ने मुझ पर आक्रमण किया तो मुझे बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया यदि आज मेरी बात की जाए तो मैं देखने में खंडहर ही बचा हूँ और मुझे सुनने के लिए एक सुंदर सा इतिहास और खाने में मेरे यहाँ के सीताफल बड़े प्रसिद्ध हैं। सातवीं सदी से लेकर नौवीं सदी तक मेरे ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के वंशियों ने राज किया और उसके बाद सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा जिसमें बप रावल राणा सांगा राणा रतन सिंह महाराणा कुंभा जैसे पराक्रमी राजाओं ने राज किया इनमें सबसे ज्यादा राणा कुंभा ने सबसे ज्यादा पैंतीस साल राज किया जिन्होंने कुंबलगढ़ बसाया नौवीं शताब्दी से लेकर सोलवी शताब्दी तक मेरे ऊपर मुगलों ने सत्ताईस बार आक्रमण किए जिसमे से चौबीस आक्रमण राजपूत सेना ने जीते और तीन हमले में मुगल विजयी रहे और उन्हें तीन मुकाबलों में से दो मुकाबलों में यही की मेवाड़ राजवंश की आभा मेवाड़ की महारानियों ने जौहर किया आप कभी मुझे निहारने आएंगे तो मेरे किले पर जाने के लिए सात दरवाजे बने हुए हैं जिनके नाम है पाडल पोल दूसरा है भैरो पोल तीसरा हनुमान पोल गणेश पोल लक्ष्मण पोल जोड़न पोल श्री पोल पारस्परिक कलाकृति सात दरवाजे है इनका निर्माण राणा कुम्भा ने करवाया था जो मुख्य दरवाजा है वह युद्ध के मैदान की तरफ है तो महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह का जन्म हुआ उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने बेटे चंदन सिंह का बलिदान भी दिया था और अपने बेटे की मौत के वियोग को अपने सीने में दबाकर उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ पहुँच गयी थी इस महल में एंटर होते ही अस्तबल दिखाई देता है जहाँ राणा कुंबा के साथ घोड़े बंधा करते थे और सामने ही झरोखे बने हुए हैं जहां से राणा भगवान सूर्य के दर्शन करने के बाद ही जल करते थे। और भाग बने हुए हैं जिनको जनाना और मरदाना के नाम से जाना जाता है इसमें जनाना में रानिया रहती थी और मरदाना में पुरुष रहा करते थे इसी महल में एक सुरंग बनी हुई है जो सीधा गोमुख कुंड में जाकर खुलती है जहाँ से रानिया जाकर नहा कराती थी कुंभा महल से आगे जोहर स्थल के रूप में एक स्थान स्थानीय दर्द है जिसे सदियों तक नहीं जा सकता अंदर की चढ़ाई करके युद्ध नहीं जीत सकता था तो उसने किलों के चारों तरफ छह महीने तक घिरा ग रखा था बाहर से आने वाले राशन को उसने बंद कर दिया था परिणाम स्वरूप मेरे अंदर रहने वाली जनता बहुत प्यार से मरने लगी जब यह खबर रतन सिंह को लगी तो उन्होंने खिलजी से संधि करनी चाहिए लेकिन खिलजी से, से युद्ध हार जाती है। और दासियों के साथ में खुद को अग्नि कुंड के हवाले कर देती है और मेरी मिट्टी में समा जाती है और उसके बाद में दूसरा जोहर हुआ पंद्रह सौ चौतीस के अंदर जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया उस समय रानी करणावती ने तेरह हजार साथ जोहर किया था पहले एक कुंड की आप की नाम से जानते हैं उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह उन्होंने चित्तौड़ का किला उनके सेनापति जयमल पत्ता के हाथों सौंप कर वहां से उदयपुर चले गए थे उसी समय उन्होंने उदयपुर नगर बसाया था और ने पट्टा ने लड़ाई करी और उसमें जौहर किया था और इस युद्ध के बाद अकबर ने मेरी धरती पर जो रक्तपात मचाया और इस आतापाई राजा को कभी भूल नहीं सकता जौहर कुंड के पास ही आपको विजय स्तंभ भी दिखेगा जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा दोनों राज्यों को जीत लिया था इसी की खुशी में उन्होंने विजयश्रम का निर्माण करवाया था इसको बनने में पूरे दस साल का समय लगा उस समय इसको बनाने में 90 लाख का खर्चा था 122 फुट इसकी ऊंचाई है इसके अंदर कुल एक सौ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यह नौ मंजिला है और इसका आकार भोलेनाथ के डमरों के समान है नीचे से तीन मंजिल जोड़ा है बीच में पांच मंजिल संतरा है और ऊपर से दो मंजिल फिर से जोड़ा है मेरे राजस्थान पुलिस के बाएं हाथ पर इसी का सिंबल बना होता है मुझे स्तंभ के आसपास आपको टूटे फूटे खंडहर दिखेंगे सब मेरे उस समय के मंदिर थे जिनका अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के नहीं मिलने पर तोड़ दिया था और बाद के आक्रमणकारियों ने भी ऐसा थोड़ा आगे चलने पर पानी के बीच में आपको एक महल दिखाई देता है इसे पद्मनी महल कहते हैं और जिसको समर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है गर्मी के समय में चार महीने रानी पद्मनी इसी महल में रहती थी क्योंकि उस समय एसी या कूलर तो होते नहीं थे जो गर्मी के कारण यह जल महल बना गया था वही आपको एक और महल देखने को मिलता है इसमें रानी पद्मनी अपनी दास के साथ रहती थी जो तीन मंजिला था लेकिन आज खंडहर है रानी पद्मनी जल महल में नाव के द्वारा जाया करती थी और उसमें लकड़ी की नाव होती थी आज के समय में मेरे हाथ सरकार ने गार्डन बना दिया है इसमें आपको हर तरह के गुलाब के फूल मिल जाएंगे थोड़ा आगे चलने पर आपको भीम कुंड है ऐसा कहा जाता है कि राजा महाराजा के शासन से पहले यहां पांडव आए थे और उस जगह पर भीम ने अपने पैर से पानी निकाल दिया था उसको भीमकुंड नाम से जाना जाता है थोड़ा आगे चलने पर आपको सूरज फूल दिखता है तो दुर्ग नी का पुराना रास्ता भी है यह तेरह में खिलजी ने आक्रमण किया था तब इसी गेट पर चढ़ाई की थी इस रास्ते पर भी सात गेट बने हुए हैं जब खिलजी ने आक्रमण किया था तब उसने एक एक करके सारे गेट तहस नहस कर दिए थे जिसमें से छह गेट पूरी तरह से टूटे हुए हैं लेकिन जो सूरज पोल गेट है वो बचा हुआ है सूरज की सबसे पहली किरण इसी गेट पर पड़ती है और इसका नाम इसी वजह से सूरज पोल है इसके सामने जो आपको खुला मैदान दिखता है वो मैदान हुआ करता था दिन में यहाँ कुछ बस्तियां बस गई है जिस वजह से वहां लोग खेती करने लग गए आपको गेट पर कुछ बड़े बड़ी कीले लगे हुए दिखाई देती है जिनको अंकुश कहा जाता है जब आक्रमण किया जाता था हाथी को मदिरा पिलाकर पागल किया जाता था और उस गेट को तुड़वाया जाता था लेकिन वह गेट को तोड़ न सके इसी के लिए अंकुश लगाए जाते थे अब आखिरी में आपको बताता हूँ आप मुझ तक पहुँच सकते हैं मैं भीलवाड़ा और उदयपुर के मध्य बसा हुआ हूँ मेरे सबसे निकटतम हवाई अड्डा दबोक एयरपोर्ट जो की उदयपुर में स्थित है जहाँ से मेरी दूरी नब्बे किलोमीटर पड़ती है और आप ट्रेन से भी आसानी से पहुंच सकते हैं चित्तौड़गढ़ अपने आप एक रेलवे जंक्शन है जहाँ लगभग हर शहर से ट्रेन उपलब्ध है अगर मैं मेरे स्थानीय लोगों के खान पान की बात करें तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध खाना दाल बाटी चूरमा है जो काफी लजीज भोजन होता है और मेवाड़ के लोग अपनी मनोहार के लिए भी विश्व प्रसिद्ध हैं यहाँ के उपयुक्त मौसम की बात करूँ तो गर्मी में यहाँ का मौसम बड़ा ही गर्म होता है और उस दौरान अधिकतम तापमान चवालीस डिग्री सेल्सियस तक जाता है मानसून के दौरान रूक रूक होने वाली वर्षा के कारण हवा नम होती है इस स्थान की यात्रा के लिए ठंड का मौसम सबसे उपयुक्त माना जाता है तो ये थी मेरी आत्मकथा त्याग बलिदान और भक्ति से सराबोर है। मैं खुद को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे पर शासकों ने राज किया जिन्होंने मुझे कभी दुश्मन के हाथ में नहीं सौंपा दोस्तों इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं मेरी इस पावन मिट्टी को लेकर अगर गलती से भी मेरे बारे में मैं कुछ भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताए और यदि आपको मेरी आप कथा पसंद आई है तो मुझे दूसरों तक भी पहुंचाए धन्यवाद जय हिंद जय भारत